हेलो देख पा रो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते क्योंकि मुझे बहुत सुंदर एक आइटम मिल गई है अब ऐसी जितना भी पैसा होगा उसी के ऊपर लुटाऊंगा तू घर पे आ मैं तेरी माँ बोल रही हूँ <laughs> <laughs> <laughs> <कैसी है अन्होरी? laughs>